हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं विरद आप लोगों का सिलेक्शन मेंटर पे अब बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं खासकर अगर आप यूपीपीएससी की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं तो जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव हो जाइएगा सेशन को शेयर करिए अधिक से अधिक लिंक को शेयर करिए लोगों के साथ में जिससे कि और सारे लोग यहाँ पर जुड़ सकें और उन तक ये जो लेक्चर है वो पहुँच सके उनको भी फ़ायदा मिल सके पूर्णतः निशुल्क क्लासेज चल रही हैं समीक्षा अधिकारी के लिए पॉलिटी में आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासेज हैं आप इनको वन बाय वन प्राप्त कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी बाई वीरत दुबे ये सर एक टाइटल है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा उस पर क्लिक करके आप सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वन बाई वन ले सकते हो ठीक है किसी का कोई सिक्वेंस अगर छूट गया है तो सो so, मैंने कहा कि आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में पावर ऑफ प्रेसिडेंट हिंदी में कहेंगे इसको राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या कहेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ ठीक है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें जानेंगे पहले तो ये जानेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत क्या है कहाँ से ये स्रोत है कहाँ से इनको मिलती हैं पावर्स और क्या किसी आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है या फिर आ, क्या किसी आर्टिकल का टाइटल है ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ या फिर अलग अलग जगहों पर इनको प्राप्त किया सकता है कितने प्रकार की शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किस प्रकार से करता है किस प्रकार से करता है इन सब चीज़ों की जानकारी आज के इस टॉपिक में हम लोगों को होने वाली है और इससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम डिस्कशन करेंगे काफ़ी लंबा चैप्टर है पावर ऑफ़ प्रेसिडेंट तो इसको पार्ट वन के रूप में हम लोग जानेंगे पावर ऑफ़ प्रेसिडेंट पार्ट वन रहेगा ये पार्ट टू फिर पढ़ेंगे ऐसा करके जितने भी पार्ट्स की दो या तीन पार्ट में ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर की शुरुआत करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हो सभी प्रकार के क्लास के जो लिंक हैं सभी प्रकार के जो क्लास के जो लिंक हैं वो आपको इसी टेलीग्राम आईडी पर मिलते हैं और साथ ही साथ आप इस पर जुड़ने के लिए इस लिंक का प्रयोग कर सकते हो या फिर हम कह सकते हैं इसको आप टाइप करेंगे अपने टेलीग्राम में तो आपको ये चैनल दिख जाएगा इस चैनल में इस तरीके का फ़ोटो लगी हुई है और आप आसानी से पहचान सकते हो इस टेलीग्राम लिंक को टी डॉट या फिर आप टेलीग्राम में जा के ऐट लिखोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ते हैं यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो पावर है राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनका स्रोत जो है मूल रूप से अगर देखा जाए तो संविधान है संविधान से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो संविधान से शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं किसको संविधान से शक्तियाँ प्राप्त हैं किस को प्राप्त हैं संविधान से राष्ट्रपति को ठीक है तो राष्ट्रपति जो है वो ये शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है प्रेसिडेंट ये शक्तियां जो है वो संविधान से प्राप्त करता है अब संविधान को जब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा सकता है कि संविधान को शक्तियां कहाँ से प्राप्त है तो संविधान के शक्तियों का स्रोत जो है वो कौन है जनता है ठीक है पीपल ऑफ इंडिया ठीक तो ध्यान रखना पीपल ऑफ इंडिया जो है वो सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रेसिडेंट के पावर का जो सोर्स है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राष्ट्रपति ठीक है यानी कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान ठीक सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं अब यहाँ पर अगर किसी के मन में डाउट आ रहा है कि जैसे सर हम लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में सुना था अपॉइंटमेंट के बारे में सुना था इम्पीचमेंट uh, के बारे में सुना था तो अलग अलग आर्टिकल्स में उसकी ओथ के बारे में सुना था उसकी जो योग्यताएँ हैं उनके बारे में सुना था तो अलग अलग आर्टिकल्स में था तो क्या किसी आर्टिकल में एक टाइटल है President का पावर तो मैं आपको बता दूं संविधान के आ, किसी आर्टिकल का ये टाइटल नहीं है किसी आर्टिकल का टाइटल नहीं दिया गया है राष्ट्रपति की शक्ति ठीक है किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन नहीं है बल्कि संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में अलग अलग प्रकार से राष्ट्रपति के कर्तव्यों और उनकी शक्तियों के बारे में यहाँ पर बात कही गई है और उन्हीं से हम ये ज्ञात करते हैं कि राष्ट्रपति को संपूर्ण संविधान में अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगहों पर शक्तियां मिली हुई हैं ऑर्डर्स कह लीजिए आप उनको आदेश कह लीजिए या फिर उनके आ, उन पावर्स को यूज़ करने के तरीके कह लीजिए उन सबको हम लोग राष्ट्रपति के पावर के रूप में ही जानते हैं ठीक है तो कहाँ कहाँ पर इनकी शक्तियाँ हैं ये तो हम डिस्कस करेंगे ही पर कौन कौन सी प्रकार की शक्तियाँ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में संपूर्ण संविधान में राष्ट्रपति को संपूर्ण संविधान में राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई हैं कहाँ कहाँ से कितने प्रकार की शक्तियाँ मिली हैं उसको अगर हम एनालाइज करें और उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो हमें पता चलेगा एक तो राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है कार्यपालिका कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका शक्तियां का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास में है इसके अलावा कुछ विधाई शक्तियां भी हैं विधायी शक्तियां का मतलब हो गया विधायी शक्तियों का मतलब हो गया लेजिसलेचिस्लेटिव लेजिस्लेटिव पावर जो जो होती है लेजिसलेटिव पावर कुछ हैं जो प्रेसिडेंट के पास में हैं उनके ऊपर डिस्कशन रहेगा इसके अलावा कुछ राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं कुछ राष्ट्रपति की क्या हैं न्यायिक शक्तियाँ न्यायिक शक्तियों को हम लोग बोलते हैं जुडिशरी पावर्स ठीक है इनको क्या बोलते हैं जुडिशरी पावर्स इसके अलावा भी कुछ शक्तियाँ हैं जैसे कि वित्तीय शक्तियाँ वित्तीय शक्तियों को हम लोग क्या बोलेंगे फाइनेंशियल पावर ठीक वित्ती है वित्तीय शक्तियाँ हैं इसके अलावा मिलिट्री रिलेटेड पावर्स हैं जिनको हम लोग सैन्य शक्तियाँ बोलेंगे सैन्य शक्तियाँ यानी मिलिट्री पावर्स हैं ठीक डिप्लोमेटिक पावर्स हैं डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब हो गया राजनयिक शक्तियां राजनायिक शक्तियां राजनयिक शक्तियों का मतलब क्या हो गया डिप्लोमेट पावर्स जो है उनके पास में और कुछ जो है उनके पास में आपातकालीन शक्तियां हैं आपातकालीन शक्तियों का मतलब हो गया एमरजेंसी पावर तो देखिए कौन कौन से प्रकार की पावर्स हमको देखने को मिली एमरजेंसी पावर्स हैं डिप्लोमेटिक पावर्स हैं और इसके अलावा मिलिट्री पावर्स हैं फाइनेंशियल पावर्स हैं जुडिश्री पावर्स हैं लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं पूरे संविधान में आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती हैं यानी कार्यपालिका से संबंधित जो कर्तव्य या जो पावर्स राष्ट्रपति के दिए गए हैं उसको कार्यपालिका संबंधी शक्ति कहेंगे विधि बनाने से संबंधित कोई शक्ति अगर प्रेसिडेंट को मिली है तो उसको विधायी शक्ति कहेंगे न्याय देने से संबंधित अगर कोई शक्ति राष्ट्रपति को मिली है तो उसको न्यायिक शक्तियां कहेंगे देश के वित्त से संबंधित अगर कोई शक्तियाँ हैं तो उसको वित्तीय शक्तियाँ कहेंगे इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जो है पावर्स राष्ट्रपति को मिली हुई हैं तो इनमें से हम आज कुछ शक्तियों के बारे में डिस्कशन करेंगे देखते हैं कितनी शक्तियों का डिस्कशन हो सकता है फिलहाल हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कार्यपालिका की शक्ति ठीक है तो आप हेडिंग क्या डालोगे एग्जीक्यूटिव पावर्स एग्जिक्यूटिव पावर्स ठीक है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कार्यपालिका की शक्तियां कार्यपालिका की शक्तियां या कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां से संबंधित ठीक शक्तियां अब ये क्या है पहले तो इसको समझते हैं कार्यपालिका क्या होती है हालांकि कार्यपालिका के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे पूरी तरीके से देखिए हमारे देश में हमारे देश में जो संसद है उसका प्रमुख रूप से कार्य क्या है उसका प्रमुख रूप से कार्य है विधि बनाना विधि यानी कि कानून बनाना अब कानून बना है तो लागू भी होगा ठीक है कानून बना है तो क्या होगा लागू भी होगा तो जो कानून लागू कराता है और कानून के अनुसार सारी चीज़ों का संचालन करता है उसको बोलते हैं कार्यपालक क्या बोलते हैं उसको कार्य कार्यपालक का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव ठीक है और इसी एग्जीक्यूटिव अब इस विधि को लागू करने के लिए कुछ पावर दी जाएंगे इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो व्यक्ति इस पावर को लागू करवाना चाहता है आम जनता में तो उसको इससे रिलेटेड कुछ पावर्स दी जाएंगी तभी वो लागू करा पाएगा वरना लोग मानेंगे ही नहीं उसकी बात तो यहाँ पर इसी इसी चीज़ को कार्यपालिका बोला जाता है इस ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का समूह जो देश में कानून व्यवस्था लागू करवाते हैं देश को संचालित कराते हैं देश की चीज़ों देश में विधि को इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्यपालक एग्जीक्यूटिव ठीक है तो इन्हीं एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास में देखिए प्रेसिडेंट भी अपने आप में एग्जीक्यूटिव है ठीक है सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट ही है ठीक तो इसकी शक्तियाँ यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर होंगी ठीक चलिए तो आप देखते हैं इसमें क्या शक्तियाँ डिस्कशन होंगी एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग आर्टिकल्स का मुद्दा हम यहाँ पर उठाएंगे सबसे पहले हम मुद्दा उठाते हैं आर्टिकल नंबर 53 का अनुच्छेद त्रेपन में कुछ विशेष शक्तियां जो हैं दी है दी गई हैं मैंने आप लोगों को अनुच्छेद त्रेपन पहले भी बताया है और देखिए अनुच्छेद त्रेपन में क्या है कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए मुझे आर्टिकल फिफ्टी थ्री आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ देखिए फिफ्टी टू फिफ्टी ये सब मैंने आपको पढ़ाया था फिफ्टी तो फिफ्टी में क्या है कोई मुझे कॉमेंट करके बताएगा चलिए मैं बता देता हूँ आर्टिकल फिफ्टी में संघ की कार्यपालिका की शक्ति है किसकी है संघ की कार्यपालिका की शक्ति संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है माफ कीजिएगा शक्ति ठीक है तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में कहा दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 53 में और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव इसको यूनियन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको यूनियन एग्जीक्यूटिव अब यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के जो पावर हैं वो पावर हैं किसके पास ठीक है वो पावर हैं किसके पास इस पर हमने डिस्कशन किया था और लिखा आया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की जो पावर हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं किसके पास होती हैं प्रेसिडेंट के पास तो ये अपने आप में देखिए पावर आपको प्रेसिडेंट की पता चल गई एग्जीक्यूशन से रिलेटेड एक पावर आपको पता चल गई कि राष्ट्रपति के पास में ही संघ की सारी कार्यपालिका की शक्तियां रहेंगी और यह भी बताया गया था कि वो इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है और या फिर अपने अधीनस्थ अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवा करवा सकता है ठीक है सवॉर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा या सेल्फ इस पावर का यूज कर सकता है लेकिन दोनों माध्यमों में संविधान के अनुसार एक टर्म लिखाया गया था वहां पर संविधान के संविधान के अनुसार यानी जैसा संविधान में कहा गया है उस अनुसार या तो वो स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा या जैसा संविधान में कहा गया उस अनुसार इन कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करवाएगा इन ऑफ उफ सबोर्डिनेट ऑफिसर से तो ये एक आर्टिकल नंबर 53 में आपको एक पावर पता चल गई प्रेसिडेंट की ठीक है इस पावर से रिलेटेड किसी कोई डाउट है ठीक है कोई भी संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो भी पावर होंगी वो सारी की सारी किसके अंदर होती हैं प्रेसिडेंट के अंदर होती हैं है। इसका मतलब ये है कि देश में कुछ भी होता है तो हर चीज़ जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं के अनुसार उन्हीं की पावर को ही लेकर के लोग काम करते हैं जैसे घर में कोई भी चीज़ हो रही तो दादाजी की सहमति से हो रही है ऐसा चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर मानते हुए दिखाई देता है ठीक है क्लियर हो गई बात यहाँ तक सभी को किसी कोई डाउट कोई डाउट नहीं चलिए ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा आर्टिकल नंबर सेवेंटी आर्टिकल नंबर सेवेंटी फोर देखिए आर्टिकल नंबर सेवेंटी फोर में क्या है अनुच्छेद चौहत्तर में क्या दिया गया है अनुच्छेद चौहत्तर में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका के प्रयोग में सलाह देने के लिए देखिए यहां पर जो बात कही गई थी ना अधीनस्थ अधिकारी अब ये अधीनस्थ अधिकारियों के लिए ही यहां पर आर्टिकल सेवेंटी फोर है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका के प्रयोग में राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका के प्रयोग में एग्जीक्यूशन में अगर देखा जाए आ, कुछ लोगों को अपॉइंट करता है और वो जो लोग होते हैं वो होते हैं मंत्री वो कौन होते हैं मंत्री और उन मंत्रियों का वो जो समूह होता है उसको बोलते हैं मंत्रिपरिषद क्या बोलते हैं मंत्री परिषद मंत्रिपरिषद को इंग्लिश में बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सी ओ एम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक है अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ढेर सारे मंत्री होते हैं बहुत सारे मंत्री होते हैं ठीक है अलग अलग मंत्रालय जो है ये संभालते हैं अलग अलग मंत्री होते हैं ठीक है अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये मंत्री जो हैं ये कौन है इसके बारे में आर्टिकल सेवेंटी फोर में बोला गया है कि ये जो भी मंत्री लोग हैं जितने भी सारे मंत्री होते हैं बहुत सारे जो मंत्री होते हैं ये सारे के सारे मंत्रियों का काम क्या है ये सारे के सारे मंत्री जो हैं, वो सलाह देंगे एवं सहायता करेंगे सलाह एवं सहायता करेंगे किसकी राष्ट्रपति की, की। देखिये ध्यान रखिए मंत्री जो है आर्टिकल सेवेंटी में कहा गया है कि मंत्री जो है वो क्या करेगा सलाह एवं सहायता देगा किसको राष्ट्रपति को ठीक है और इस मंत्रिपरिषद में सारे के सारे हैं मंत्री ही लेकिन इनमें में से इन सभी मंत्रियों में से एक मंत्री को इनका जो है जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना उसी तरीके से एक क्लास मॉनिटर यानी कि एक प्रधान व्यक्ति बना दिया गया इन सभी मंत्रियों में एक व्यक्ति को प्रधान कर दिया गया तो इसी मंत्री को क्या बोला गया प्रधान यानी प्रधानमंत्री क्या होता है मंत्रिपरिषद का ही सदस्य होता है इसको पी बोल सकते हैं आप ठीक है तो ये जो प्रधानमंत्री है मिनट ये जो प्रधानमंत्री है तो आपको ध्यान रखना है ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही एक सदस्य होता है अब इसकी डिस्कशन यहां पर क्यों हो रही है इसका डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ये दल आप देख रहे हो इसे पूरा का पूरा जो दल आप देख रहे हो ये सारा का सारा दल करता क्या है ये सारा का सारा दल इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ये सब लोग करते क्या है ये राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देते हैं अब यहाँ पर आर्टिकल सेवेंटी में एक और बात भी दी गई है कि सलाह एवं सहायता को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य होगा ठीक है बाध्य होगा यानी राष्ट्रपति जो है वो इसी सलाह एवं सहायता के अनुसार ही अपने काम करेगा अब आप इसको इसकी शक्ति कह लें या मजबूरी कह लें शक्ति तो यहाँ तक है ये तो मजबूरी है ये शक्ति नहीं है शक्ति जो है आपको कहाँ तक मिलेगी यहाँ तक कि राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति है किन से प्रधानमंत्री से और उनकी मंत्रिपरिषद से ठीक है तो ये राष्ट्रपति को सलायम सहायता देने के लिए होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद ठीक है के बारे में प्रधानमंत्री के बारे में तो राष्ट्रपति के पास में है कि ये सारे, के सारे जो मंत्री हैं इनको अपॉइंट कौन करता है इनको अपॉइंट कौन करता है तो इसका आंसर आता है इनको अपॉइंट करने का काम भी कौन करता है राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति की एक और शक्ति आपको यहाँ पे पता चल गई कि प्रेसिडेंट ही प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेगा और प्रेसिडेंट ही बाकी सारे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेगा क्यों करेगा कैसे करेगा ये सब हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तब समझाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है लेकिन करता कौन है राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा और अन्य मंत्रियों को भी अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट ही करेगा अब जब अपॉइंटमेंट की बात यहां पर आ गई है, तो एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि क्या राष्ट्रपति कुछ अन्य लोगों को भी हो गया नियुक्ति से संबंधित संबंधित का मतलब यह हो गया कि किन्हीं कि राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट कर सकता है अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर अगर हम देखें ये भी एग्जीक्यूशन में ही है ये उनका वर्क है कार्य है अपॉइंट करना तो एप, किनको किनको अपॉइंट कर सकता है उनकी अगर हम बात करें सबसे पहली बात तो अभी आपने देखा संघ के मंत्रियों की जो मंत्रिपरिषद होती है वो संघ के मंत्री होते हैं तो संघ के मंत्रियों को अपॉइंट कर सकता है ठीक है यानी कि यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं उनको अपॉइंट करने की, की इसके पास पावर होती है इसके अलावा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं राज्यपाल उनको अपॉइंट करता है राज्यपाल का मतलब हो गया गवर्नर ऑफ द स्टेट्स उनको अपॉइंट करता है इसके अलावा अपॉइंटमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट है और जो अलग अलग स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स हैं इनके जो न्यायाधीश हैं जजेस हैं ठीक है, है उनको अपॉइंट करता है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या फिर अदर जजेस हों कोई भी हों या फिर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हों या अदर जजेज हों सबको अपॉइंट करने का काम किसका होता है प्रेसिडेंट का होता है प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत का जो महान्यायवादी है महान्यायवादी महान्यायवादी जिसको आ, आ, कह सकते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी उसको अपॉइंट करने का काम भी किसके पास में आता है राष्ट्रपति के पास में आता है, है। देखिए इन सब में राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट और भी हैं बहुत सारे हैं महान्यायवादी से संबंधित और भी लोग हैं नियंत्रक माले परीक्षक हैं ये सब लोग भी हैं देखिए नियंत्रक माले परीक्षक भी मैं लिख देता हूँ इसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा महालेखा परीक्षक इसको क्या बोलते हैं कैग बोलते हैं तो इसको अपॉइंट करने का काम भी है महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं क्या बोलते हैं अटोर्नी जनरल एजी लिख सकते हो आप इसके अलावा यूपीएससी की अगर हम बात कर लें यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हो आप यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष ठीक है और इनके जो दूसरे सदस्य होते हैं इन सबको अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है प्रेसिडेंट का होता है और किन लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं ये अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीई आप इनको बोल सकते हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठीक है और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर्स ई एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन दोनों लोगों को अपॉइंट करने का काम किसका होता है राष्ट्रपति का होता है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है इसके अलावा अगर हम देखें जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ठीक है इनके जो अध्यक्ष होते हैं चेयरमैन अध्यक्ष और इनके जो सदस्य होते हैं मेम्बर्स इनको अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है ट का होता है ठीक है इसके अलावा और किसको अपॉइंट कर सकते हैं ये? इसके अलावा राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय महिला आयोग ठीक है आपको मालूम रा, है राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसके भी जो चेयरमैन है उसके भी चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने का काम होता है इसकी अलावा, इसकी अलावा और किनको अपॉइंट कर सकते हैं इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको बोलते हैं आप उनके साथ भी यही चीज है उनके भी चेयरमैन को और मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम इनका होता है बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित अनुसूचित जनजाति जनजाति ठीक है यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब क्लास कमीशन जो होता है ठीक है इनका जो आयोग होता है, इनके भी चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम किसका होता है प्रेसिडेंट का होता है इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग ठीक है ठीक तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है माइनॉरिटी क्लास कमीशन बैकवर्ड क्लास कमीशन जिसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उनके भी उनका जो आयोग है उसके भी चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करता है ये क्लियर है इनके अपॉइंट मेंबर्स को अपॉइंट करता है इसके अलावा संघ राज्य संघ राज्य क्षेत्र जिनको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो यूनियन टेरेटरीज बोलते हैं तो यूटीज के कुछ जगहों पर राज्यपाल होते हैं उनको अपॉइंट करना और कुछ जगहों पे प्रशासक होते हैं प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रशासक कुछ जगहों पे उनके प्रशासक वगैरह होते हैं ठीक है और कुछ जगहों पे मुख्यमंत्री वगैरह भी होते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो इन लोगों को अपॉइंट करने का काम जो है जैसे दिल्ली और पांडिचेरी दिल्ली और पुडुचेरी पुडुचेरी इनके जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं इनको अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है क्लियर है इसके अलावा वित्त आयोग के जो वित्त आयोग जो होता है इसका गठन करते हैं ये वित्त आयोग ये इनके अपॉइंटमेंट करते हैं और साथ ही साथ राजभाषा आयोग के लोगों का राजभाषा आयोग इनके लोगों का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है प्रेसिडेंट करते हैं तो आप देख रहे हैं एक बहुत विस्तृत चेन है बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट रिलेटेड जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट के पास में इन सब लोगों को अपॉइंट करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं ये आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए अब इनमें में से किसी का भी नाम आपके एग्जाम में आ सकता है कि किसको अपॉइंट करते हैं किसको अपॉइंट नहीं करते हैं ऐसे करके आपके ऑप्शंस आ सकते हैं कई प्रकार के ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि वो किन को अपॉइंट करते हैं ठीक क्लियर है इतनी सी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई क्लियर चलिए अब अपॉइंटमेंट रिलेटेड ये बात आपको आर्टिकल नंबर सेवेंटी फोर से संबंधित थी और वो मैंने आ, आपको आगे सब चीजें बता दी आर्टिकल नंबर सेवेंटी फोर का सहारा लेते हुए चलिए आर्टिकल सेवेंटी फोर के बाद एक और आर्टिकल आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर सेवेंटी एट ये भी राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है किस प्रकार से है देखिए अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर सेवेंटी में कि जो मंत्रिपरिषद होती है मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद उससे सलाह एवं सलाह एवं सहायता लेने का अधिकार है किसका राष्ट्रपति का यही चीज मैंने आपको बताई थी ना सलाह का मतलब हो गया एडवाइस और सहायता का मतलब हो गया एड तो एड एंड एडवाइस ये लेने का अधिकार है राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद से या मंत्रिपरिषद इनको सलाह देती है और उसी के अनुसार वो काम करते हैं तो अब यहां पर एक पॉइंट है कि आर्टिकल सेवेंटी का इसमें आर्टिकल 78 का क्या काम है आर्टिकल 74 के uh, कह सकते हैं स्टेटमेंट में काम ये है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग जो प्रधानमंत्री होते हैं जो मंत्रिपरिषद के प्रधान जिनको मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट है ये कर्तव्य है प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों जो भी देखिए प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य जो है अपने मंत्रिपरिषद के साथ आंतरिक संबंध बना करके उनके साथ तालमेल बना करके राष्ट्र को सही तरीके से संचालित करना अब ये मंत्रिपरिषद है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति और प्रधान सॉरी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने मिलकर के कोई निर्णय लिया देश के लिए देश मतलब संघ के लिए कि सर ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा संघ जो है वो विधिवत नाम कमाएगा उन्नति पर जाएगा ये डिसीजन लिया है मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री ने तो और प्रधानमंत्री का काम ये है कि ये जो निर्णय है इस निर्णय के बारे में ठीक है इस निर्णय के बारे में ये जो डिसीजन लिया गया है संघ के मामले में ये जो निर्णय लिया गया है इस डिसीजन लिया गया है इस डिसीजन के बारे में वो राष्ट्रपति को सूचना दें किसको दें राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को सूचना दें तो इसका मतलब क्या हो गया राष्ट्रपति को ये अधिकार है किस चीज़ का कि संघ के मामले में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ने क्या निर्णय लिया है उसकी जानकारी राष्ट्रपति ले सकता है या लेगा ठीक है और जो भी देखिए ये प्रधानमंत्री का ड्यूटी है कि राष्ट्रपति जो भी इस निर्णय के बारे में जो भी सूचना मांगेगा वो सूचना इन्हें प्रोवाइड करनी ही होगी यानी प्रेसिडेंट का देखिए यहाँ पर एक राइट है हमने आपको अपना सारा अधिकार दे दिया है मतलब राष्ट्रपति क्या कर रहा है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को सारा अधिकार दे रहा है कि भैया राष्ट्र को संभालो चलाओ बढ़िया संचालित करो लेकिन संचालित करते समय आप जिस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आंख मूंद करके बैठेगा ये इनसे पूछ भी सकता है कि भैया वो फला मामले में आपने और आपके मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय दिया जरा मुझे बताइए यूनियन का मामला है वो तो प्रधानमंत्री इस पे मना नहीं कर सकता है प्रधानमंत्री को ये निर्णय जो लिया गया है वो निर्णय जो है वो बताना पड़ेगा हर हाल में देना पड़ेगा इसकी सूचना जो है वो देना पड़ेगा तो ये राष्ट्रपति का क्या है एक अधिकार है अच्छी तरीके से अधिकार है ये हमको ध्यान रखना चाहिए इसी से रिलेटेड आर्टिकल सेवेंटी से रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल सेवेंटी पर भी ले चलता हूँ और आर्टिकल सेवेंटी में कहा गया है कि भारत की जितने भी कार्यपालिका के कार्य होते हैं कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं जितनी भी कार्यपालिका के संबंधित कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं किसके नाम से होते हैं राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं यानी सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है और वो इंप्लीमेंट हो गया है तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की उसमें परमिशन है या आर्टिकल सेवेंटी फोर सेवेंटी सेवन कह देखिए कितना नजदीक का संबंध है यहाँ पर देखिए आप ऐसे समझ लीजिए एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं हालांकि ये ऑकवर्ड लग सकता है किसी को एग्जाम्पल लेकिन मैं केवल समझाने के, के पर्पज से ले रहा हूं इसका किसी अन्य प्रकार से कोई दूसरा अर्थ ना निकाला जाए एक एग्जाम्पल है सपोज दैट कोई क्षेत्र है किसी क्षेत्र में कोई गैरकानूनी कार्य हुआ है गैरकानूनी कार्य और हुआ नहीं है हो रहा है लगातार हो रहा है लोगों के संज्ञान में है सब जानते हैं कि फड़ा आदमी जो है नगर का एक व्यक्ति ऐसा है जो गैर कानूनी काम लगातार कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है जब लोगों को मालूम है तो संबंधित थाना क्षेत्र जो है उसको भी मालूम होगा हाँ या नहीं फिर भी वो ये काम करता जा रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं थाने से उसकी क्या है साठ है यानी कहीं ना कहीं थाने से होने का मतलब क्या हो गया साठ होने का मतलब ये होगा कि उसकी जानकारी में है लेकिन फिर भी वो कर रहा है इसका मतलब हम लोग को मालूम है हम लोग को यह समझना चाहिए कि थानेदारों को मालूम है और वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अब ये जो व्यक्ति कार्य कर रहा है ये जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है अब ये उचित है या अनुचित है उससे मतलब नहीं है हमें लग रहा है कि गैर कानूनी है लेकिन थाना जो है उसको परमीशन दे रहा है इसका मतलब चाहे वो सीधे सीधे दे रहा हो लिखित रूप में दे रहा हो या मौन रूप में वो दे रहा हो तो दे रहा है कहने का मतलब ये है कि अगर किसी थाना क्षेत्र में कोई दुर्घटना इस तरीके की घटित होती रहती है लगातार कोई गैरकानूनी कार्रवाई होती रहती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि ये तो इन्हीं की परमिशन से हो रहा है इनकी परमिशन के बगैर थोड़ी हो सकता है ये काम तो सिमिलरली जैसे प्रधानमंत्री जो काम करते हैं प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं प्रधानमंत्री बार बार कोई काम ले रहे हैं देश के मामले में तमाम सारे निर्णय आप देख रहे होंगे अब जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है तब से लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप लोगों को मालूम है उसका मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा जो आपके सामने आते हैं और आप उन पर जो है विरोध भी अपना दर्ज कराते हैं कई बार तो आप ध्यान रखिए कि ये जितने भी मामले हैं इन सब की जानकारी राष्ट्रपति को है इनफैक्ट ये सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही ये व्यक्ति कर रहे हैं ठीक है तो आप समझिए कर जरूर ये रहे हैं लेकिन नाम किसका है राष्ट्रपति का है परमिशन इनकी है तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा संघ के मामले में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें राष्ट्रपति की परमिशन मानी जाती है क्यों मानी जाती है यह बात आर्टिकल 77 में लिखी है अब क्यों मानी जाती है कि राष्ट्रपति की उसमें सहमति है क्योंकि आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संघ के निर्णय के मामले में जो भी जानकारी है वो उनसे मांग सकते हैं प्रधानमंत्री से और उस पर अपनी जो भी कार्रवाई है वो कर सकते हैं अब अगर अब अगर कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आर्टिकल 78 का प्रयोग किया होगा उन्होंने पूछा होगा संघ के मामले में आप क्या निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय से सहमत होंगे तभी तो वो निर्णय संघ पे लागू हो रहा है तो आर्टिकल 74 और सेवनटी सेवेंटी और 78 एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं कॉम्प्लीमेंटर हैं अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा ये पॉइंट जो मैंने समझाने का प्रयास किया है इसको एक बार फिर से समझिएगा कि मैंने क्या कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर्टिकल नंबर सेवेंटी से लेकर के सेवेंटी 78 और 77 के बारे में ने क्या इनको पूरा ध्यान से समझिएगा तो ये है हमारा हमको ये समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति के पास में किस तरीके की कार्यपालिका से संबंधित जो है वो शक्तियां हैं हालांकि अभी कार्यपालिका संबंधित कुछ और शक्तियां हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जैसे अभी मैंने आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट जो है लगभग चौदह पंद्रह प्रकार के अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया था कि इतने प्रकार के अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट कर सकता है इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास में रिमूवल का भी अधिकार है केवल और केवल जो है अपॉइंटमेंट का ही नहीं बल्कि रिमूवल रिमूवल का भी अधिकार है यानी पदच्युत करने का भी अधिकार है यानी राष्ट्रपति जो है वो कुछ लोगों को अपने पद से हटा भी सकता है ये उसकी पावर है अपने पद से किन लोगों को हटा सकता है उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा राष्ट्रपति किन लोगों को अपने पद से हटा भी सकता है जिन्हें वो अपॉइंट कर भी किया है जैसे उनमें में से एक है संघ के जो मंत्री हैं मैंने आपको बताया था संघ के मंत्री जो होते हैं जैसे मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है तो ऐसे मंत्रियों को राष्ट्रपति हटा भी सकता है पर इसके बहुत सारे अलग तरीके हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे अब तो सीधी सीधी एक बात करिए कि आप इनको अपॉइंट भी करते हो और आप ही के पास इनको हटाने की भी पावर है ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आता है दूसरा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के राज्यपाल राज्यों के राज्यपालों को भी अपॉइंट करते हैं और राज्यों के राज्यपालों को हटाने का अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास होता है तो राज्यपाल का मतलब गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स के उनको हटाने का काम भी इनके पास होता है इसके अलावा मैंने आप लोगों को अटॉर्नी जनरल बताया था महान्यायवादी जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट करते हैं और इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं तो ये सारे जो लोग हैं ना ये सारे लोग राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करते हैं इच्छा पर का मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक अपने पद पर रहेंगे इस टर्म को हिंदी में बोला जाता है प्रसाद पर्यंत क्या बोला है प्रसाद पर्यंत ठीक है ठीक तो आपको ध्यान रखना है प्रसाद पर्यत का मतलब राष्ट्रपति की इच्छा से जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ठीक है, इट मीन्स जैसे जो राज्यपाल है अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट शेल होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तो द टर्म प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है दट इज नोन एज प्रसाद पर्यंत इन हिंदी प्रसाद पर्यंत को इंग्लिश में हम लोग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं राष्ट्रपति की की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति जब तक खुशी है राजी है तब तक जो है ठीक तो मतलब है संबंधित ये तो बात एक हो गई इसके अलावा एक बहुत ही विशिष्ट शक्ति जो है आर्टिकल नंबर वन सिक्स में दी हुई है अनुच्छित एक सौ साठ में दी हुई है प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो क्या है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति आकस्मिक रूप से आकस्मिक का मतलब क्या है अचानक से आकस्मिक का मतलब हो गया कैजुअली अचानक से असाधारण परिस्थितियों में ठीक है अनसर्टिन कंडीशन में असाधारण कंडीशंस में अनसर्टिन कंडीशंस जो है उनमें जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल है अभी मैंने बताया राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है राज्यपालों की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है प्रेसिडेंट करता है अब राज्यपालों की नियुक्ति यदि प्रेसिडेंट कर रहा है तो हो सकता है कि किसी राज्य के प्रेसिडेंट हो जो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर पाने में अक्षम हो या फिर हो सकता है किसी राज्य के, के वो राज्यपाल हैं उस राज्य में गवर्नेंस जो है वो सही तरीके से ना चल रही हो तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है ठीक है तो विशेष परिस्थिति हो गई राज्यपाल के राज्यपाल के कृत्यों का कृत्यों का निर्वहन इसका मतलब क्या हो गया राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन का मतलब हो गया कि जो भी वर्क है प्रेसिडेंट गवर्नर्स के उनको करने का काम राष्ट्रपति के पास आ सकता है इट मींस प्रेसिडेंट भी एज अः प्रेसिडेंट भी जो है वो राज्यपाल के कार्य को कर सकता है पर वो उस समय राज्यपाल नहीं कराएगा कहलाएगा वो कहलाएगा प्रेसिडेंट ही यानी प्रेसिडेंट जो है वो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन भी कर जैसे आप स्टेट इमरजेंसी वगैरह में देखते हो उसके बारे में यहां पर है हालांकि स्टेट इमरजेंसी का प्रोविजन अलग है लेकिन राष्ट्रपति जब राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो इस शक्ति, ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में है और यह शक्ति उसे कहां से मिलती है आर्टिकल नंबर 160 से मिलती है ठीक क्लियर है तो ये मैंने आपको कुछ विशेष प्रकार के अगर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स जो थीं उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया है कल मैं आप लोगों से जब डिस्कशन करूंगा तो मैं आपके दूसरी शक्तियों के बारे में भी बताऊंगा जैसे जो लेजिस्टिव पावर्स हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे अगर लेजिस्टिव पावर्स जो है वो पूरी हो जाती हैं तो उनके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे दूसरे तरीके के जो उनके पास पावर्स हैं जैसे जुज पावर्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे पर कल हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स आज हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ चुके हैं कल हम लोग जो विधाई शक्तियाँ जो हैं विधान से संबंधित या विधि से संबंधित जो शक्तियाँ हैं लेटरी पावर्स जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आप सब लोग अपना प्रेम इसी तरह से सिलेक्शन वेंटर पर बसाते रहिए मुलाकात करेंगे कल फिर तब तक के लिए धन्यवाद